देखिए जब आपको इस तरह से डल इमेज मिल जाए और इसको जब आपको रिटचिंग करना हो बनाना हो इमेज को तो कुछ नहीं करना है सिंपल सा आप क्या कीजिए कि इस पर कॉपी कीजिए यहाँ पे, पे नॉर्मल होगा और आपको इसको कॉपी कीजिए और इसमें आप ओवरले सॉफ्ट लाइट हार्ड लाइट विविड लाइट पिंक लाइट इसको एडजस्ट करके देखिए कि इस थोड़ा सा इमेज सही दिखता है ओवर लेप यहाँ पर सही दिख रहा है तो आप ओवर उब लेप कर दीजिए और सिंपल से इसको कॉपी कीजिए तो एक दो बार कॉपी कीजिए और उसके बाद सारे इमेज को आप क्या करना है आपको मर्ज कर देना कंट्रोल ई कमांड है मर्ज का मर्ज हो गया और सिंपल से एक उसके बाद एक और कॉपी लीजिए लेयर को कॉपी कीजिए और उसके बाद एक कापी को क्या कीजिए तो पहले इमेज को सिलेक्ट करके और यहाँ पर बलर पर जाइए बलर फिल्टर में जाइए बलर में जाइए और यहाँ पर गौशियन बलर गॉसियन वलर में थोड़ा सा बलर इतना करें कि स्किन जो है सॉफ्ट हो जाए चलिए इतना मैं करता हूँ और इसके बाद इसको ओके किया और उसके बाद मैं यहाँ से नेगेटिव मास्क लूँगा नेगेटिव मास्क लिया और ब्रश टूल लिया और ब्रश टूल लेने के बाद मैं क्या कर दूंगा इस पर सिंपल सब पेंट कर दूँगा फॉर हेड यहाँ पर व्हाइट कलर सेलेक्ट होना चाहिए और उसके बाद मैं इसे क्या करूँगा कॉपी करूँगा ओ पी देख लीजिए कितना करना थोड़ा मैं ओ कम करता हूँ और इसको मैं स्क्रीन को देखिए सॉफ्ट मैं कर देता हूँ इसको जूम करके काम करें तो अच्छा से दिखेगा जूम कर लिया और ब्रश द्वारा से लेकर के मैं इसे ब्रश पेंट कर दिया सिंपल सा ध्यान रखें यहाँ पर वाइट होना चाहिए ब्रश को छोटा बड़ा करके यहाँ पर कम जगह वहाँ पर छोटा करके पेंट कर देना सिर्फ सिंपल संघर्ष और कुछ नहीं करना आपको इसको पेंट कर दिया इस तरह सब पेंट कर दें पेंट करने में थोड़ा टाइम लगाएं ताकि पिक्सल गड़बड़ ना हो आराम से पेंट करें जहाँ भी स्किन है उसको पेंट कर दें चलिए मैंने इमेज को तैयार कर दिया अभी डिफरेंस देखने के लिए क्या कि इस पर जो है इसको हाइट पहले इस तरह की इमेज था और मैं इसको इस तरह से बना दिया इसके मेरा सॉफ्ट हो गया और डार्क हो गया इस तरह से करने का इमेज को बहुत ही कम समय में बना सकते हैं चलिए इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई ट्रिक लेकर तब तक के लिए धन्यवाद प्रैक्टिस कीजिए